देवला तन कितनी बार कह दियो मेरे भाई ने ना छेड़े करे जे अब कहा छेड़ दियो है ना तो ठीक कौन रहेगी अरे रोये तू बोले कौन है कुण नहीं तू तो मेरी बात सुने अब कब के तो छेड़ दियो है जो जो शिकायत आगी है ना तो माफी मांगने जो कोई रेंगो को नहीं बस मेरे दिमाग में झटका मशीन से चलने लगी है ए मशीन का झटका अगर तन दे दिया नहीं तो तेरा शरीर लकबो मार जो अरे तेरे दिमाग में झटका मशीन चल रहा है कौन चल रहा है मेरे दिमाग में ग्यारह लाइन तार साहब जे हाथ लगा दिए तो यमराजगी आसो जली कहीं कह अरे चुप तो है यमराज गा आज तुम ली कई हुए पर तेरली मारा आजगी है तू तो यहाँ बता तू है एड्रेस बता तेरो हाँ तो एड्रेस लिखे अरे एड्रेस लिखू क्यूँ तू बांध लिखा है गे अरे दे बोलो बदमाश तो अगले खून एड्रेस लिखे अग्रे तेर मई तो लागू होगा मैंने दो तीन लाइन बिचाले रही दिखे तू तो अपने बोल की बता दे लिखा बार काम करता तो बदमाश बालने के हाँ तो अगोनी खाली राम खोर है फोन पर गए रड़क ले लगे प्रवचन सा बोलो रहा अरे देवला कलर छोड़ दे नहीं ठीक कौन रहेगी कलर को नहीं अब बच्ची देख ली बोर्ड में चेपी है नहीं तो टीम की टिमकी जिमान अरे किसे भाई की बात कर दूँ देख देवला बहुत हो गए तेरे दादागिरी मेरे भाई शाम ने दुकान मंगल कर गया है ना जो दारू पिए के रास्ता करो जो थारी दादागिरी यहीं चलती रही ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा अरे दादागिरी तुम्हारी यहाँ चलेगी रही बात कंप्लेन की अब बर्ची देख ली कंप्लीट करिए लोग मैंने देवलो बदमाश कह तेरे भाई ने कह दी छह बजे दुकान बंद कर दे और मैंने वो भी कह दी इलाक को देवला बदमाश गो है अब कहा लाता, लाता प्याई भी हो सकता है कोई नहीं देवा दे अदी भाई मिले कभी बिया ही मिलेगा राम राम तब राम राम बेटा राम राम राम राम कानन कुंडल कल कुछ शेर का हाथ वरज और ध्वजा विराज कान्त मूज जमुषाज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज तो प्रताप महाज जो आगे नहीं तो मानने तो कौन नहीं की है तेरे लिए एक फायदे ही बात बताऊं मेरे इलाके में धंधो करो तो तने तेनाली काम करना पड़ेगा पड़ तने तीन है, तीन डिस्पोजल है, और दो बिस्लेरी बोतल फ्री में देनी पड़ेगी भाभी बिना रोला मचाए समझ गयो अरे मैं तो समझ गयो अब तू और समझ लेडियो का अगला भाग में इसी करके छोड़ दूंगा लोग कमेंट करेगा क्या देवल उद्वास ने कर्ण संग बस इतना दिन तो अब डायलॉग बर्ची पर लग गया अब अब बर्ची डायलॉग पर लग गई चांद रहे बेर कोई दिन है पहली माथों खराब करने